Think positive, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है कोबरा के पास आप नहीं मैं जाऊंगा। <गण> हमें वहाँ उस मीनार पर जाना है पर। जिंटू को बुलाओ तो मैं हुझें, मैं जिंटून में हाँ बोलिए बॉस प्रॉब्लम क्या है